हेलो फ्रेंड्स मुँह राजेश को मुँ स्वागत करुँच मो चेल टेक्निकाल राजेश रे आप जानते मुँक एमती टेक्निक्र बहुत किसी नुआन भिडियो नहीं आस रखी कि आप जब मो चेल फास्ट टाइम आस चेल् लाइक करूँ कमेट कर और सब्सक्राइब करने को भूलिनी आ सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब सैड्रे जो बेल आइन अच्छे बेल आइकन को निश्चित भाव में प्रेस करें चलते जा फ्रेंड्स आम फास्ट आम प्लेस्टोर को जी प्लेटोर ओपन कर सारापर आम इच कर यूपी युवर इपी सर्च कर देले करदे को स्क्रीन पर यह इंटरप्राइजेस पलैस ये एंटरप्राइजेस पलिप इनस्टल अप्सन आस इनल करेंगे जेहतु फास्ट इनस्टल करदे तो मतलब ओपन अप्सन आस इट करा ये ओपन करवा ओपन कर सारा यही एंटरप्राइजेस स्क्रीन पर पलै आस ते चारोटो अपसन देखो फास्ट अप्सनटी रोच डॉलर चिन्ह अच्छी सेमर कौन चिन्ह सब्सक्राइब चिन्ह तो आम क्या चैनल को सब्सक्राइब कल पॉइंट मिले लिखी सब्सक्राइब प्लस वन ट्वेंटी फाइव तो हम सब्सक्राइब करा मैंने आमको शहे पचीस कॉन्न मिल तो सैड्रे अच्छी हैड चिन्ह हैड चिन्ह है देखते आप दि हजार कें रखु चाहिए तो आमको तो टेन सब्सक्राइबर प्लस टेन भ्यूज मिल दि कॉइन रे 50 सब्सक्राइबर प्लस 50 व्यूज मिली नौ हज़ार पाँच कईन में सब्सक्राइबर प्लस शहे व्यूज मिल अठर हजार कैन रे 200 सब्सक्राइबर प्लस 200 व्यूज मिल चौतरीश हजार कइन रे पांचश सब्सक्राइबर प्लस पांचश व्यूज मिल अशी हजार कईन रे तो फ्रेंड्स, तो सही टाइप रि लाइक्स भी अच्छी तो ये टेन लाइक्स प्लस टेन्यूज आपको बारश कयन मिले फिफ्टी लैक्स प्लस फिफ्ट्यूज पांच हजार सातश कॉइन में मिली तो भ्यूज तो को तो पर भी खाली सेपरेट सेपेरेट भ्यूज अच्छी अपन खाली फिफ्टी भ्यूज चाहते भिडियो तो आपको पचीश कॉइन् लगुच्छ से टाइप रुक ये पड़ो जमी सब्सक्राइबर गोटे सब्सक्राइब कले व ट्वेंटी फाइव केंट लगे तो आपन ये सब्सक्राइब ओके करदे तो ओके कर आगे चलो तो वेट करवाक पड़ जुटू भिडटे चलो फोर्टिफाइव सेकेंड रु स्टार्ट हो तो चलो कि समय देखीद भिडियोटी तो फ्रेंड्स वीडियो भिड चल्ला जो मो चैनल चेल के सब्सक्राइब कर करदे तो मो आपन वीडियो भी आनी आप थी चौदह सेकेंड हो अल्रेडी देखूँ मो पाखे अलरेडी एक कइन अच्छी तो ये कम्प्लीट होगा कम्प्लीट हो फ्रेड्स ये क्लेम कर पड़ा क्लेम कलेस थे शहे पचिश आड है बैश पचावन हो गला तो आम ये कॉन को कमिटी लगे तो फास्ट आमको जवाब पड़ो हेड अपसन आम जोड़ा था कि आम सब्सक्राइबर सब्सक्रबर आमको दरकार टेन सब्सक्राइबर प्लस टेन भी हो तो आम ये से अप्सन उप ओके पड़ोता पूर्व आप चैनल सर्च करा पड़ो जमी आप चेल पकई मोर चैनल लिंक पके पकई तो आप चैनल लिंक पके पक आपको जहाँ सब्सक्राइबर ये मिले ये देखती लिखे जीरो सब्सक्राइबर आपड़ ये केंद्र दे आपन जी सब्सक्रबर आस चल चल गेट सब्सक्राइबर करदेबा सक्सेस्गला सक्सेस्ला कटे ये देख चेक करने देख पकई दे हाउ टू इनक्रीज सब्सक्राइबर कि पकड़े आमको टेन रु फिफ्टी आम फिफ्टी भ्यूज पर पकई टेन भ्यूज देती तो आहु र्यूज सी आमक देव तो से टाइप रिपोर्ट टेन भ्यूज दे सब्सक्राइबर से जीरो अच्छे जी सब्सक्रबर देनी सब्सक्राइबर दब इटी पचास सब्सक्राइबर सी पचीस सब्सक्राइबर दे सारी तो लाइक्स कि दिहप्रो करते पॉइंट सब्सक्राइबर करेंगे आपे आपर बहुत बिस ये बहुत बेस्प चाहिए बाय भी ये आप हजार पॉइंट फाइव पॉइंट नाइन नाइन डलार दवा को पड़ो तो आप पॉइंट भी कि लग पारे बहुत बढ़िया आप्लिकेसन ट्राए कर देखू